नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल फतेहबाद के जाखल मंडी में एक मंदिर के पुजारी को असली वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के रुपए मांगने का मामला सामने आया पीड़ित पुजारी के मुताबिक उसे धमकी देने वाला आरोपी शख्स उसी के गांव का रहने वाला है और मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी गई है पुलिस ने पीड़ित पुजारी की शिकायत पर आरोपी वीरेंद्र शर्मा नाम के शख्स पर आई की धारा तीन के तहत केस दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है पुलिस को दी गई शिकायत में जाखल मंडी स्थित काली माता मंदिर के पुजारी बलजीत सिंह ने बताया कि जुलानी खेड़ा गांव का रहने वाला हूं और पिछले करीबन पंद्रह से बीस सालों से जाखल मंडी की काली मंदिर का पुजारी का, का काम कर रहा हूं मेरे गांव का ही रहने वाला वीरेंद्र शर्मा नाम का एक युवक किसी लड़की के साथ मेरी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के मुझसे पैसे मांग रहा है पुजारी ने बताया कि आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल न करने और मामले को राजीनामे में डालने के लिए साढ़े छः लाख रुपए की मांग की है मेरे हालात इस तरह के नहीं हैं कि मैं ये पैसे चुका पाऊं। मैं सुसाइड करने वाला था लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये गिरोह है मेरे बाद किसी और व्यक्ति को भी इस तरह से फंसा कर परेशान करेगा इसलिए मैं कानून की शरण में आया हूँ मैंने इंसाफ की मांग की है मुझे इंसाफ चाहिए और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वही मामले में झारखंड थाना के एसएचओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पुजारी की शिकायत पर वीरेंद्र शर्मा नाम के एक शख्स पर केस दर्ज कर लिया गया है आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा तीन के तहत केस दर्ज किया गया है शिकायत में पुजारी ने आरोप लगाया है कि कोई शख्स उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है फिलहाल मामले की जाँच चल रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं सामने आने वाले सबूतों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष शर्मा जी आपके साथ क्या घटना घटित है जो आपने एफ आर लोज करवाई है वरेंदर शर्मा के खिलाफ वरिंदर कुमार जी मेरे गांव का ही एक लड़का है और आप इसम के कारण जी उन्होंने मेरे को किसी वीडियो गलत लड़की से वीडियो बनाने के के चंद्र में जी उसने मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कीजिए और मेरे से साढ़े छः लाख रुपये ब्लैकमेल ली दी के उसने मांगे और ताकि मैंने फिर जी जाके कानूनों से कानून से गुहार लगाए थी मेरे को इसका न्याय नहीं आपको कैसे पता लगा जी ये ये वरिंदर शर्मा है वीरेंद्र शर्मा थी उसने उन्होंने अनिल कुमार पंडित जी है जी जो तो रोसलाल वाले धर्मशाला के अंदर रहते उनके पास फ़ोन किया उन्होंने कहा जी या तो वीरेंद्र वीर बलजीत से मेरा समझौता करवा दिया जाए मैं साढ़े छः उसके पास मेरी वीडियो भी है और रिकॉर्डिंग भी है और उसके माध्यम से जी और नहीं तो मैं आपको तो दाखल से नहीं तो यदि वो मेरे साथ साढ़े छः लाख रुपए नहीं देता है समझौता नहीं करता है साढ़े छः लाख रुपए नहीं देगा तो मैं उसकी वीडियो वायल कर दूंगा न हरियाणा पे डाल दूंगा सभी दाखल के ग्रुपों तो में डाल दूंगा और मैं उसको हरियाणा से नहीं दखल से नहीं पूरे भारत से भी मैं मतलब इसको तो, मतलब कहीं खाने देने किसी भी ब्राह्मण के साथ न मैं इसको कोई पूजा पाठ करने दूँगा और न मैं इसको किसी भी किसी भी यजमान के ब्राह्मण के साथ समझ में मिलकर काम करने दूँगा उसने तो इसी प्रकार से उन्होंने मेरे को ये धमकी दी, उसने मैं मजबूर हो गया थी और मैं सुसाइड करने पर आ गया और इसलिए मैंने फिर मैं कानून के पास पहुँचा तो कानून से मैंने एक एफ आई करवाई कि मेरे को इंसाफ लगाए ताकि कोई भी करीब आदमी भी इसकी इसे ग्रोह के इस कंधे में ना मैं आए और नहीं ही कोई अनजान आदमी इस व्यक्ति सुसाइड करने पर पर किस प्रकार का वीडियो उन्होंने किस नाम से करने की कोशिश की आपका जो गलत वीडियो बनाने की बात आ रही है जो उन्होंने कल तो वीडियो खींची मैं कि मैं बाथरूम में नहाने गया था जी और जब मैं नहाने गया था जी उसके बाथरूम में ताना तो उनकी वीडियो को लाई थी जब वो वीडियो को आई तो मैं टीचर लमन बिल्कुल वो लड़की किसी भी दूसरे शरीर के ऊपर कोई मतलब वस्तर नहीं था और जब मैं उसके वीडियो का था तो मैं घबरा गया घबराने के बाद ही जब मैंने वो किया मैंने वो काटा तो तो मैंने मतलब वो वीडियो काटी यानी उन्होंने आपके लड़की के आवाज़ में वीडियो कराकर आपको फंसाया गया उन्होंने हाँ जी मेरे को गया भी शर्मा के खिलाफ आप प्रशासन से पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं सख्त कार्रवाई हो और यही प्रशासन से करता आपका क्या नाम है सर मेरा नाम दुलजीत शर्मा जाखल के एक पुजारी का क्या मामला आया इस यहाँ मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने एक वीरेंद्र खान का कोई तो, है उस उसके लिए शिकायत दी थी की, कि वो कोई वीडियो वायरल या कोई ऐसी थी, चीज़ वायरल या कोई ऐसी फ़ोटो वायरल करके और कुछ पैसे की डिमांड कर रहे थे तो वो हमारे पास शिकायत आई थी हमने मामला दर्ज उसके बारे में कर दिया और कार्रवाई करने रहे हैं दो दो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आएगी तो, तो सर किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है सर मैंने बता दिया आपको एक्सपोर्ट का, <coughs> का, का थ्री एट्टी फोर मामला दर्ज किया तो सर आगामी कार्रवाई क्या होगी सर कर रहे हैं सबूत जुटाएंगे इसमें और जो एक्टिव है